एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब मोहब्बत करते हो एक बात बताओ तो याद हमें मरते हो क्या तुम हमसे अब मोहब्बत करते हो कुछ ऐसा कर कमा कितना हो जाओ कुछ ऐसा कर कमा तेरा हो जाऊ किसी और कहूँ खिल खाल तेरा हो जाऊ किसी और कहूँ खिल खाक तेरा हो जाऊ रो रोग समंदर भर दिए क्या तुम भी रो रो नदिया भरते हो एक बात बताओ या तुम्हें मरते हो क्या तुम तुमसे अपनी मोहब्बत करते हो तुम्हें जो भी कहना है कह दो इतना क्यों डरते हो तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो मैं अब तो चला गया हूं अब तो जवाब दो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो